सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ग्रू चैनल को और बेल आइकन का घंटा दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए